जैसे सारा कुछ नया हो जाएगा सारा बच्चा नया भी हो जाएगा सारा मतलब एडमिशन लिखा है जो भी है सब नया प्रोसेस हो जाएगा नया प्रोसेस में नया वर्क नया बच्चा नया सब कुछ नया फील्ड वर्क है ना तो ये समस्या सबके साथ नहीं है है ना आप लोग के साथ है बस ये जैसे ही निकलेगा बस एक ऑफिस से नया सेशन जैसे मेरा मतलब ये समझ लो कि ये वादा है कि एक से जब चलेगा सेशन ये इस तरह का चलेगा साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ रिकॉर्डिंग मतलब काम कर रही है वो भी चलेगा है ना एक अपना YouTube चैनल बनाएंगे कम्प्यूटर के लिए अलग है ना एक और क्लास हम डालने वाले हैं विक्रम के के है। नहीं जा सकती है हाँ, हाँ, हाँ। इतना सारा क्रिया हाँ। तो लड़का लोग के साथ समस्या है लेकिन है ना जाता जाता है, है। पढ़ने के लिए नहीं जाता है पढ़ने के लिए नहीं जाता है साफ बात यहाँ पे खत्म हो गया पढ़ने के लिए नहीं जाता है जब जो <laughs> बहुत जो, जो लड़का थेला, लड़की पढ़ना चाहता है वो कहीं पे भी पढ़ सकता, सकता है ना कहीं पे भी ट्यूशन में नहीं नहीं नहीं है है है है घर पे भी पढ़ सकता ना जंगल में पढ़ाई होता था होता था, था, था, था, था, था, था में छिलवा कर ताकि लड़का सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे बाल झाड़ने के चक्कर में नहीं पड़े टाइम वेस्ट नहीं करे है ना आज का जो सिचुएशन है जितना बाल बड़ा रहे उतना पढ़ने वाला अच्छा है, जिसका बाल खत्म एकदम खत्म है आज का सिचुएशन